बहुत सारे लोग डाइवोर्स का नोटिस आने से डर जाते हैं स्पेशली वाइफ तो उनके लिए ये वीडियो देखें पूरा हुँ? पूरा एक्सप्लेनेशन है उसके बाद आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा तो देखो उससे पहले ना आप एक गोल्डन लाइन समझो गोल्डन लाइन ये है कि जैसे कि न, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से सरकारी जॉब नहीं लग जाती गैटिंग तो ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लेने से डिग्री कम्प्लीट नहीं हो जाती मेहनत करनी पड़ती है मतलब तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं तो सिमिलरली डाइवोर्स केस फाइल करने से डाइवोर्स नहीं हो जाता इस बात को आप मान लो ये गोल्डन रूल है आप मान लो ठीक है अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पे तो देखो जो कोर्ट है ना यार कोर्ट देता है रिलीवेंट ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाया मुंह आ गए उठ के और डाइवोर्स मिल गया ऐसा नहीं होता क्योंकि कोर्ट ना बाउंड होता है बाउंड बाउंड लॉ उसको भी लॉ देखना पड़ता है क्योंकि कल को मान लो वो ऐसे मनमानी करने लग गया मान लो चलो जो लोअर कोर्ट ऐसे करने लग गए उनको हाई कोर्ट तलब कर लेता कि आ जाओ बेटा तुमने क्या करा है? आ जाओ सब सब उनको मतलब निगरानी रखनी पड़ती मतलब होती है उनके ऊपर ठीक है तो अब जैसे सफिशेंट ग्राउंड क्या होते हैं सफिशेंट ग्राउंड होते हैं जैसे कि जो वाइफ ने रिलीजन चेंज कर लिया है रिलीजन इन द सेंस अपना कोई धर्म था वो चेंज कर लिया कन्वर्ज कर लिया और उसी को प्रोप मतलब फॉलो करती है ये सब दूसरा आ गया कि वाइफ का कोई अफेयर है अफेयर भी ऐसे नहीं है बोलने से अफेयर बोलने से नहीं है मतलब प्रूव करना पड़ता है क्योंकि ना तुमने देखा होगा देखा होगा कि इसे लड़कियों पे ना अफेयर के ही आरोप लगते हैं कैरेक्टर के ऊपर ही मतलब कुछ तो होता है नहीं है तो कैरेक्टर के ऊपर ही बात होती है तो बोलने से कुछ नहीं है भाई प्रूफ भी देना पड़ता है ठीक है प्रूफ भी देना पड़ता है जैसे मान लो मैं कहता हूँ ना मेरी गाड़ी चोरी हुई है तो पहले मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे पास गाड़ी भी थी आर यू गेटिंग तो मेरे पास पहले प्रूव होना चाहिए कि भाई मेरे पास गाड़ी भी थी तो सिमिलरली जो पार्टी आ रही है ना कोर्ट में कि भाई इस इस ग्राउंड पर हमें डाइवोर्स दिया जाए तो उसको पहले प्रूव भी करना पड़ता है ठीक है और जो सिविल सूट होता है ना उसकी काफ़ी स्टेज होती है लंबी उसमें एग्जामिनेशन भी होता है और एविडेंस की स्टेज भी होती है तब जाके कोर्ट कहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है अब इंडियन सोसाइटी में क्या है किसी को नोटिस आके डर जाते हैं कि यार डाइवोर्स हो गया ये हो गया मतलब ऐसा नहीं होता एक तो नहीं सावधान इंडिया और ये इनको देखना बंद कर दो इनमें पता नहीं क्या दिखाते हैं एक्सट्रीम चीज़ है। मतलब बिल्कुल कोई प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं है पता नहीं क्या क्या फलाना दिखाना नोटिस आती है डाइवर्स ये वो फलाना दिखाना रियल में आओ रियल में भाई रियल में ठीक है तो नेक्स्ट थिंग आती है कि यार वो यारिलिवेंट ग्राउंडों पे देता है डाइवोर्स ऐसी नहीं कि कोई भी उठ के आ गया अभी हम देख रहे थे तो पिछले क्या पिछले महीने एक खबर आई थी कि वाइफ डेली मैगी बनाती है और नाश्ते में देती है हस्बैंड को तो उसने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो देखो यार ये सब ना उसके लिए होते हैं क्या बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए इन इन ग्राउंडस पे वो नहीं मिलता डाइवोर्स नहीं मिलता अब एक बात हो आप खुद सोचो मान लो एज़ ए जुडिशल दिमाग सोचो कि वाइफ डेली मैगी देती है और मतलब नाश्ता नहीं देती मतलब मैगी देती है नाश्ते में तो यार एक बात हो कहीं तुम्हारा हस्बैंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये हस्बैंड का कि मेरे को डेली रोटी देगी या वो कोई ब्रेक हो रहा है नहीं ना भी दे तो रही है कुछ तो दे रही है तो ये ग्राउंड नहीं होते ग्राउंड होते हैं जैसे कि रिलीजन चेंज कर लिया अफेयर है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जो बिल्कुल मतलब उनका चल ही नहीं सकता समझ रहे हो जैसे कि ऐसी बीमारी हो गई जो स्प्रेड हो सकती है या फिर मतलब बहुत करे वाला ग्राउंड ऐसे नहीं है कि उठ के आगे मुंह किसका फेर है मैंने उसको देखा था मैंने वहां देखा था ये देखा था इसकी नाक लंबी है इसका ये है वो है फलाना दिखाना ऐसे नहीं देता क्योंकि कोर्ट को भी देखना पड़ता है क्योंकि कोर्ट बाउंड होता है लॉ से हुँ? ये नहीं कि वो पंचायत नहीं है पंचायत और कोर्ट में यही फर्क है पंचायत में तुम कुछ भी कहोगे ना वो मान लेंगे हाँ भाई ऐसी थी उसकी वह इसकी ऐसी थी लेकिन जो कोर्ट है ना वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है वो ग्राउंड देखता है कि हाँ भाई बनती है नहीं बनती तब जाके वो देता है ठीक है आर यू गेटिंग तो डाइवोर्स से बिल्कुल भी ना डरो ये कंटेस्टेड की बात हो रही है म्यूचुअल का तो अलग ही है इसी ना तो कंटेस्टेड में तो बिल्कुल मत डरो नोटिस आया कोई दिक्कत नहीं है उसका रिप्लाई बनाओ उसको काउंटर वो करो कि ऐसा कुछ नहीं है ये और गोल्डन लाइन आपको बता दी कि डाइवर्स केस फाइल करना अलग है और डाइवर्स मिलना अलग है और इंडियन सोसाइटी में मतलब बहुत टफ टफ़ जॉब है डाइवर्स लेना क्यों क्योंकि ग्राउंड पक्के होते नहीं हैं और एक्चुअली कहना है यार वो डालते तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन में हरासमेंट करने के लिए डाल देते तो तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है वाइफ लोगों के लिए अब नेक्स्ट थिंग आती है कि भाई हमारा डाइवोर्स केस चल रहा है तो हम जाके रह सकते हैं या नहीं सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रह सकते हो जी बिल्कुल रह सकते हो जाओ अब कुछ लोग कह रहे भाई कहाँ लिखा है रह सकते तो भाई ये भी कहाँ लिखा कि नहीं रह सकते कुछ चीज़ें इंप्लाइड होती हैं ना एम्प्लाइड में तो वाइफ के लिए कि अगर आपका डाइवर्स केस चल रहा है तो आप जाके रह सकते हो अब मान लो डाइवोर्स केस तो दस साल चले तो दस साल वाइफ बाहर रहेगी ना नहीं ना नहीं ना नहीं रहेगी क्यों रहेगी वो तो आप जा सकते हो बिल्कुल पे ही चक जा सकते हैं हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं लेकिन पता नहीं लोगों की क्या बुद्धि है समझ नहीं आती और हाँ इस वीडियो को यार शेयर करो जो इसका जो जिसको नीड है ना उसको भेजो इस वीडियो को क्योंकि पता नहीं क्या YouTube में क्या ही हो रहा है पता नहीं वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता पता नहीं क्या बुद्धि हो रही है इनकी कभी कभी मन करता है इनके ऑफिस में जा इनकी कोठाई कर दूँ सो so, तो डाइवर्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई एडवोकेट कहता है ना कि यार डाइवर्स मतलब अब तो डाइवर्स हो जाएगा ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा तो उसको ये करना That's the package. So, I hope it is clear. Bye.